जब भी कोई इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है उसमें रिस्क तो होती ही है ना अगर रिस्क रिस्क नहीं, नहीं। तो नहीं। तो सक्सेस भी यही बिजनेस है ना। बिना रिस्क से जो हासिल होता है वो टिकता नहीं किसी की भी कामयाबी के पीछे सिर्फ उसका टैलेंट और हौसला नहीं होता वजह होते हैं वो लोग जो जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं कामयाबी को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता वो खून पसीना बहाकर मेहनत ऐसी मिलती है दुनिया में